शांताकारुजगशयन पद्मनाभम सुशम विस्वाधारम गगन सदृश मेघवर्ण शुभांगम लक्ष्मीका कमलनयन योगिभर्ध्यान गम्य वंदे विष्णुवयहर सर्वलोकायकनाथम पद्म जिनकी आकृति अतिशय है है है वह जो जो धीर छीर गंभीर है। का अर्थ दर्शकों होता शेष की सैया पर शयन किए हुए हैं हैं या विराजमान है। पद्मनाभम जिनकी नाभि में कमल है जहां से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी सुरेशम जो देवताओं के भी ईश्वर है विश्वाधारम जो संपूर्ण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 अधिष्ठात्री देव भगवान विष्णु को नमस्कार करते हुए मैं ग्रामे ग्रह युद्ध सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानम जन्म राशि न चिंतित विवाह सरो मांगल्य यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानम नाम राशि न चिंतित तो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 मंथली राशिफल भी अक्टूबर माह का पड़ चुका है तो तुला राशि लिप्रा या कुछ कहता है आज के सितारे तो आज कामकाज को जल्द निपटाने का नया तरीका आपको मिलेगा दोस्तों के साथ संबंधों में सुधार आएगा भौतिक सुध साधनों में आपकी बढ़ोतरी होगी आज सेहत के प्रति आपको सावधान रहने के सितारे सलाह दे रहे हैं जंक फूड से तलीबुनी चीज़ों से आज, आज आपको बचना चाहिए भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिशें करते हुए आज आप सफल रहेंगे छोटे बच्चे माता पिता के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं व्यापार में जबरदस्त मुनाफे का योग बन है बाहर के किसी व्यक्ति को आपकी बात आज आप बुरी लग सकती है अपनी जिब्बा पर आपको कंट्रोल रखना रहेगा अनजान व्यक्ति से बेवजह आपको बोलने से बचना चाहिए कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन जरूरतमंदों को पका हुआ भोजन कराइए और यदि हो सके तो गाय को बेसन के लड्डू जरूर खिलाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा छः शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर दिशा का गुरुवार का राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए और दर्शकों यदि आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है करवा सकते हैं वार्षिक राशिफल दो हजार हमने इस चैनल में डाल दिया है आप लोग उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलिए अक्टूबर माह का भी राशिफल हमने सभी राशियों का लगभग डाल दिया है तो आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं दीजिए इजाजत मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय